हाँ बंदर भाई बिल्कुल सही बोल रहा है तू अरे बहन वो देख उड़ने वाला ट्रैक्टर अगर ये ट्रैक्टर हमारे हाथ लग जाए तो हमारे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अरे बहन तो सोचना किस बात का है चल अब इस ट्रैक्टर को अपना बना लेते हैं हाँ बहन चल अरे चिंटू भाई यहाँ पर तो दो दो चुड़ैल आ गयी अब क्या करेंगे हम रुक जा बंदर भाई थोड़ा सब्र कर अभी देखियो मैं इन चुड़ैलों को कैसे मजाक चखाता हूँ अरे जलपरी आंटी मैंने इन चुड़ैलों से पंगा ले लिया अब जल्दी बचाओ हमें चिंटू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं अभी इनको सबक सिखाती हूँ